हरे कृष्णा सभी भक्तों का स्वागत है आज की गीता क्लास में मंगलाचरण करते हैं राध्यांजनाशलाकक्षुरा मिलता तस्में नम श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापित येन भूतले स्वयं रूप कदा ददा सौपै वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुन वैष्णवश्री साग्र जात सहगढ़ रघुनाथ सजीव साधुवेदूत पर्जन सहित कृष्ण चैतन्यम श्रीराधा कृष्ण पदान सहगढ़ ललिता श्री विशाखा विशाच हे कृष्णकुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गो राधा कांता नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमा हरी प्रिय वंशाकतूस कृपा सिंधुभ्य च पतिता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्णा चैतनिया प्रभु निनंद श्री श्रीअद्वगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम, राम हरे हरे रामाय राम, राम भद्रामचंद्रा राम वेदसे रघुनाथाथा सीताया पते नमः नम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेद्ता स्वामी नाम नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचार निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात हरे कृष्णा ओके हम शुरू करते हैं आज ऑनलाइन मोड में भक्त है आज ऑफलाइन में कोई नहीं है ठीक है यानी ऑफलाइन में मैं अकेला हूं ओके तो जब अर्जुन ने प्रश्न पूछे कि कैसे मैं आपका स्मरण कर सकता हूं जगत की वस्तुओं को देख के तो भगवान ने आरंभ कर दिया था और कल के श्लोक में उन्होंने अपनी सबसे बेस्ट विभूति थी उसके बारे में बताया यानी आदित्यों में मैं विष्णु हूं ठीक है और भी आगे बताया अब अपनी बाकी विभूतियां उनके बारे में बताएंगे तो आज के श्लोक में चार विभूतियों के बारे में बताएंगे कितनी चार ठीक है तो पहले हम पढ़ते हैं श्लोक श्लोक में तुम समझ सकते हो कि चार बता रहे हैं वेदा साम वेदोस्मी देवानासव इंद्रिया मनस्मी भूता चेतना वेदा साम वेदोस्मी देवानासव इंद्रिया मनस्मी भूता चेतना कोई बोले कि भगवान विभूति के बारे में बता रहे हैं तो हा... भगवान की विभूतियाँ जान के हमें क्या फायदा मिलेगा हाँ? हमें क्या मिलने वाला है अगर हम भगवान की भक्ति में रुचि बढ़ाना चाहते हैं तो हमें भगवान की विभूतियों के बारे में जानना चाहिए जैसे कि इस जगत में जब कोई प्रसिद्ध होता है या उसकी कोई विभूति होती है तो उसके बारे में हमारा मन करता है ना जानने के जानने के लिए कि और बताओ और क्या और क्या है और हमारा फिर आकर्षण होता है उसके तरफ ऐसे ही हम भगवान की विभूतियों के बारे में जानेंगे तो भगवान के प्रति हमारा आकर्षण और बढ़ेगा और तीव्रता से बढ़ेगा तो जिसको भक्ति में रुचि बढ़ानी है तेजी लानी है तो उसको भगवान की विभूतियों के बारे में सुनना चाहिए तो आज के श्लोक में चार विभूतियों के बारे में भगवान बताएंगे वेदों में वेदा नाम साम वेदो असमी असी माने मैं हूं वेदानाम वेदों में साम वेद में हूं तो चार वेद है चार वेद में जो साम वेद है भगवान कह रहे हैं वो मैं हूं और कह रहे हैं देवानाम अस्मी वासव और देवों में मैं वासवा हूं वासवा मतलब है इंद्र तो देवों में मैं इंद्र हूं जैसे और बता रहे हैं नीचे की लाइन में इंद्रिया नाम मना और इंद्रियों में मैं मन हूं ठीक है और भूतानाम चेतना और जीवों की जो जीव जो हैं उनमें जो उनकी चेतना है वो मैं हूं क्योंकि हम चेतना से तो सारा कार्य करते हैं ना अगर चेतना निकल जाती है तो हम पत्थर हो जाते हैं तो हम चेतना से ही कार्य करते हैं आवाज नहीं आ रही आवाज नहीं आ रही कौशल प्रभु आवाज आ नहीं रही सही तो शिवजाल प्रभु लिख रहे हैं आवाज नहीं आ रही शिवदल प्रभु आपके फोन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है ठीक आ रही है ना जैसी आती है वैसी हाँ ठीक आ रही हो, हो सकता है कुछ फोन में दिक्कत हो गई ठीक है तो आज का श्लोक बहुत अच्छा है बहुत सुनने लायक है तो वैसे हम देखेंगे दो करने कोशिश करेंगे पर एक होगा तो एक ही करेंगे ठीक है एक एक से कर लेंगे वैसे छोटे छोटे श्लोक है इसमें तात्पर्य में कुछ है नहीं वैसे श्लोक में समझाना जो समझाना है अब देखो वेदानदो असमी तो भगवान बोल रहे हैं वेदों में सामववेद में हूँ तो सामववेद में हूं का मतलब यह है कि वेदों में जो प्रमुख है जो सबसे टॉप मोस्ट है वो मैं हूं तो चारों वेदों में सबसे अच्छा वेद कौन सा है सामववेद वैसे तो सारे वेद अच्छे हैं सारे वेद हैं लेकिन उनमें से भी अगर और अच्छा बोला जाए तो सामवेद है क्योंकि सामवेद में भगवान की स्थितियों का गुणगान है सुंदर सुंदर स्तुतियां हैं यानी हम सामवेद के श्लोकों को गा सकते हैं बाकी श्लोकों को गा नहीं सकते जैसे एक श्लोक आता ना ए, ये वाला पहला श्लोक ये भागवतम का ए, क्या है जन्मा दस्यता ऐसे करके ना पता नहीं भूल गया मैं तो ये गा सकते हैं तो जो लोग गाये जाने वाले होते हैं और जिनमें भगवान की स्तुतियां हैं सुंदर सुंदर वो सामवेद में है तो इसलिए भगवान कह रहे हैं वेदों में में सांवेद यानी सबसे टॉप मोड टॉप मोस्ट अच्छा है ठीक है फिर कह रहे हैं देवानाम सुंदर स्तुतियां हैं बाकी जगह पे सबसे ज्यादा क्या है भगवान का गुणगान में जो भगवान का गुणगान है वो सामवेद में ही है इसलिए बता रहे तो सारे और क्या बोल रहे हैं सारे देवताओं का राजा कौन है अगर सारे देवताओं में राजा बताया राजा माना जाए तो राजा इंद्र है ठीक है चल देवताओं के राजा इंद्र है तो वो मैं हूं यानी जहां जो चीज अच्छी दिख रही है ना जो चीज सबसे पहले आई है और जो चीज अच्छी है वो कृष्ण है तो कह रहे हैं देवताओं में मैं जो सारे देवताओं में राजा कौन है इंद्र तो इंद्र क्यों राजा है क्योंकि इंद्र सबसे शक्तिशाली है देवताओं में वरुण अग्नि यह सब जो देवता है ना इनसे शक्तिशाली इंद्र है और ये सारी की सारी विभूतियों के बारे में भगवान बता रहे भे मत समझ लो कि भगवान ये बता रहे कि मैं ही हूं नहीं तो फिर आगे स्लोक आएगा ना रुद्राम मैं शिव हूं मतलब रुद्रों में मैं शिव हूं बोल दिया ना शिव हूं तो भैया कुछ लोग पकड़ लेते हैं उसी चीज को तो ये बहुत ही अवरदान है पर ये हमको बस ये समझना है कि इंद्र में शक्ति कहाँ से आई उसका गुण कहां से आया तो वो कृष्ण से आया है और क्या बोल रहे हैं आगे सभी इंद्रिया राम मनस्मी मतलब सभी इंद्रियों में मन में हूं तो देखो मन भी एक इंद्रिया है ठीक है मतलब सारी इंद्रिया है लेकिन मन एक मैन इंद्रिया है क्योंकि अगर मन नहीं लगा होगा तो कोई भी इंद्रिया रंग से कार्य नहीं कर पाई और मन की मर्जी नहीं होगी तो रहोगे हो पैर की इंद्रिया लगा ली तुमने आंख की लगा ली सब लगा ली बैठे हो लेकिन मन नहीं लग रहा है मन बड़ा चंचल है तो तुमने जो भी सुना है समझ में नहीं आएगा कथा में तो यानी मन सबसे बड़ा चंचल है मन वश में हो गया तो वही मन भगवान की प्राप्ति करा रहे तो इसलिए भगवान कह रहे थे सभी इंद्रियों में मन मैं हूं तो सभी इंद्रियों में मन सबसे अच्छा है अच्छी क्वालिटी है गुड़ तो वो कौन है तो कृष्ण है सुनना बोलना इनमें मन नहीं होगा तो सुनी हुई चीज भी तुम कुछ नहीं सुन रहे हो और बैठे हुए वहां पर नहीं बैठे हो जैसे होता है कोई बैठा है लेकिन वो ख्यालों में खो गया कहीं मतलब सोच चले गई उसका अब वहां पे क्या मूवमेंट हुई कौन गया कौन निकला किसने क्या बोला उसे कुछ भी पता नहीं उसे पूछो क्या हुआ क्या हुआ यार मैं बैठा था पर मैं सुन नहीं पाया मेरा मन ना उधर चला गया था थोड़ा तो फिर से बताओगे तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि हम सुनते हैं? मन से देखते किससे हैं मन से सुनते मतलब सारा कुछ मूवमेंट मन से होती यहां तक कि प्रसाद ग्रहण करते हो भी मन से अगर तुम कभी प्रसाद ग्रहण कर रहे हो मन कभी मत चला गया तो उसका टेस्ट पता नहीं चलेगा की कब तुमने एक रोटी खा ली कब अंदर चलेगी उसका टेस्ट पता नहीं चलेगा कुछ तो यानी सारी कुछ फीलिंग मन से आती है तो मन सेंट्रल में है बिल्कुल इसलिए बता रहे हैं सभी इंद्रियों में मन मैं हूं। और मन बहुत नटखट भी है लेकिन अगर मन मन जाए तो वही भगवान की प्राप्ति कर देगा और मन ही ऐसा है जो, जो भी तो इसलिए भगवान कह रहे हैं मन में हूं सभी इंद्रियों का मतलब जो स्टैंडर्ड सेंट्रल हब है वो मन है ठीक है आगे बता रहे हैं भूतानाम स्वी चेतना और भूतों में मतलब जीवों में जो उनकी चेतना है ना वो में अब देखो चेतना क्या करती है चेतना जो होता है ना मायूसी आती है कभी कभी कभी कभी हम खुशी में एकदम कभी खुश हैं कभी तो ये फीलिंग आती है ये फीलिंग कहाँ से आती है ये कृष्ण से ही आती है फीलिंग ये चेतना से फीलिंग आती है अभी और खुल के बताएंगे चेतना के बारे में ठीक है जैसे कि किसी ने क्वेश्चन किया जैसे क्वेश्चन किया चार वेद है तो भगवान ने साम को क्यों कहा कि ये मैं हूं वेद तो चार हैं पर सामवेद में ऐसा क्या खास है देखो सामवेद में दो चीजें खास हैं एक तो उसमें सुंदर सुंदर हैं भगवान की और दूसरा उसमें दूसरा ये है कि सबसे पहले सामवेद आया जैसे कि ब्रह्मा जी ने एक बोरा भर के वेद व्यास को दे दिया उस बोरे में लाल कर, लाल कलर की मणि थी पीली कलर की थी और सफेद कलर की थी और एक कौन सी थी सफेद लाल पीली हरी एक हरी कलर की थी तो जब वेदव्यास ने तो जो जो मतलब वे वेद तो वेद बाकी के फिर तीन आए तो इसलिए जो चीज सबसे पहले आई है मतलब वो भगवान है, मतलब से है और जो चीज अच्छी है सबसे वो भी कृष्ण है तो ये जब चीजें हम सब जानेंगे तो फिर हमारा भगवान में और ज्यादा मन लगेगा तो हम समझेंगे ना भगवान के बारे में ये बता रहे तो हमारे अच्छा हमारे इंद्र का नाम क्या है कौन बताएगा <coughs> अभी जो इंद्र है स्वर्ग राजा इंद्र तो एक पोजीशन है ना हाँ। नाम क्या है उनका तो आज का नाम बताया था क्या बताया था सुमकृष्णा के नहीं वाली उसमें पुरंदर नाम है क्या नाम है पुरंदर तो ये एक व्यक्ति हो गया मतलब जितने भी है ना जैसे कि सोम राजा है चंद्रमा के हैं और सूर्य के विवस्वान है ऐसी इंद्र के जो स्वर्ग के राजा हैं वो इंद्र की पोजिशन होगी नाम उनका पुरंदर है ठीक है तो हमारे इंद्र का नाम है पुरंदर तो जैसे जैसे मनु जब परिवर्तित होते ना कि एक मनुवा दूसरे मनुआ वैसे वैसे इंद्र भी परिवर्तित होते रहते हैं मतलब इंद्र एक पोजीशन रहेगी पर वहाँ पे कोई और बैठ जाएगा किसी और नाम का तो एक ग्रंथ है उसमें सारे मतलब बताए गए कि देवता के नाम उसमें सारे और ऐसा नहीं है जितने मनु आएंगे ना सब में सब बताया कि इसमें कौन है इंद्र के राजा तो नाम क्या है इसमें क्या है यानी पहले से लिख दिया गया सारा कुछ पहले से पता है सारा कुछ क्योंकि भगवान ने लिखा है भगवान सारी चीजें इन्फॉर्मेशन बताते हैं और इंद्रियों में मनु हूँ अगर हम मन को कंट्रोल कर ले तो यानी भगवान को कंट्रोल कर लिया मैंने भगवान बोल रहे हैं मन में हूं अगर हमने मन को कंट्रोल कर लिया नहीं भगवान को कंट्रोल कर लिया भगवान ने बोला कि मन सबसे टॉप अच्छा है ना वो उसका गुण जो है उसकी भूति वो मुझसे आती है ये बोलने का और लास्ट में बोल रहे हैं है, भूता नाम असली चेतना तो जीवों की जो चेतना है वो मैं अब ये समझो चेतना कितने प्रकार की होती है चेतना भी कई प्रकार की होती है जैसे कि एक चेतना होती है कि हम बैठे हैं और हमने कोई एकदम सरप्राइज जैसी चीज देख ली या सरप्राइज कुछ हो गया हो या हमें लग रहा है यार सपना तो नहीं है ये तो हम कैसे करते पिंच करना यहाँ पे पिंच करना और जैसे पिंच करता है वो तो फीलिंग होती ना चेतना से अरे ज्यादा पिंच बंद करे इसका सपना नहीं है तो एक तो ये इस प्रकार की चेतना हो गई ठीक है की जो कोई पिंच कर रहा है या नोच रहा है कुछ कर रहा है तो हमें फीलिंग हो रही है पता चल रहा है ठीक है दूसरी चेतना है जो चली भी जाती है और कभी चली मतलब है भी और नहीं भी मतलब चेतना है भी और नहीं भी इसको बोलते हैं पैरालाइस पैरालाइस में चेतना क्या होती है चेतना है भी और नहीं भी वहां पे कोई कुछ भी घुसा मारे नोचे कुछ भी करे पता नहीं चलेगा लेकिन ऐसा नहीं चेतना है नहीं चेतना है भी लेकिन है भी नहीं क्योंकि खून का रक्त खून बंद हो जाता है ना तो वहां पर चेतना खत्म हो जाती है तो इतने इतने साइज में चेतना खत्म खत्म हो जाती है तो फिर उसके बाद तो पता नहीं चलता चेतना हो भी और नहीं भी क्योंकि कनेक्ट चेतना है इसलिए चेतना है लेकिन काम क्यों नहीं करेगी क्योंकि जो कनेक्टिविटी है ना ब्रेन से वो कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है जब ब्रेन कनेक्टिविटी खत्म कर देता है तो फिर वो चीजें पैरालाइज मतलब कि बेजान हो जाती है अब उसी तरीके से जब किसी इंसान की चेतना चली जाती है तो वो कैसे हो जाता है कहीं भी पकड़ो कुछ भी करो कुछ भी नहीं हो जाता है उसी तरीके से पैर में चेतना नहीं है तो पैर मरे हुए जैसा ही है मतलब कुछ भी करो नौ छो उठाओ कुछ पता नहीं चलेगा एक तो इस प्रकार की चेतना एक चेतना और होती है सबकॉन्सियसनेस चेतना होती है इसमें बैठा तो है इंसान पर चेतना मतलब कि ऐसी चेतना है जैसे कि मान लो कि माता पिता कुछ बात कर रहे हैं बच्चा बैठा पढ़ रहा है तो बच्चा सुन तो कुछ नहीं रहा है मतलब वैसे व्यक्त नहीं कर रहा है लेकिन जो जैसे माता पिता बिहेवियर कर रहे हैं मतलब कर रहे हैं वैसे ही स्कूल में बच्चा भी बताएगा वैसे ही जैसा मतलब अगर माता पिता गीता की चर्चा करते हैं तो बच्चा भी गीता की चर्चा करेगा ये सबकॉन्सियसनेस चेतना है अगर माता पिता लड़ रहे हैं तो बच्चे भी उल्टे सीधे लड़ेगा ही सबसे तो ये चेतना मतलब धीरे धीरे आती है तो एक ऐसी चेतना है और एक चेतना जो टॉप मोस्ट चेतना है वो है कृष्णा कॉन्शियसनेस चेतना जिसमें पूरी चेतना कृष्ण भावनावित होती है वो कृष्ण के बारे में सोचता है कृष्ण के बारे में थे थे। जहाँ देखता है जहां देखता है कृष्ण विभूति देखता है जो पढ़ता है कृष्ण के बारे में पढ़ता है जो करता है कृष्ण के लिए करता है खाना खाता है प्रसाद खाता है कृष्ण के लिए सब कुछ कृष्ण के लिए करता है जैसे कि बताते हैं एक नामकबोधि शास्त्र है नामकमोदी तो नामकबोधि जो शास्त्र है उसमें कृष्ण के नाम का वर्णन है कृष्ण मतलब होता है खींचने वाले कृष्ण ना नहीं सिर्फ कृष्ण कृष्ण कृष्ण मतलब होता है खींचने वाले और ना का मतलब होता है सभी प्रकार के कलर अंधकार रोशनी सबको खींचने वाले यानी खींचने मतलब अपनी और सब चीज आकर्षित करने वाले इसलिए उन्हें बोलते हैं श्री कृष्ण सर्व आकर्षण करती करते कृष्णा जैसे कि प्रभु जी ने समझाया था बहुत अच्छी तरह समझाया था कि कैसे जैसे कि एक रंग लिफलेक्ट होता है बाकी सब एब्जॉर्व हो जाते हैं जैसे कि ये जैसे मान लो व्हाइट कपड़ा है कोई तो वाइट कपड़े में क्या होता है कि बाकी सब कलर तो एब्जोर्व हो जाते हैं आ, चेतना पांच प्रकार की चेतना होती है चेतना वो एक अलग है ये मैं वैसे बता रहा था मतलब ये वुमन बॉडी में जो चेतना होती है ना उसके बारे में बता रहा था वो होती है पेड़ से होती है ना स्टार्ट पेड़ से होती है जानवर में होती है उसमें होती है वो ये है और जो टॉप मोस्ट चेतना होती है वो इंसान में होती है लेकिन इंसान में भी कई लेवल है चेतना के होता ना कभी चेतना के वो लेवल की बात बताई जा रही है तो मैं क्या बोल रहा था हाँ जैसे मान लो कोई व्हाइट कलर है तो व्हाइट कलर में क्या है जो व्हाइट है वो तो रिफ्लेक्ट कर रहा है और बाकी सब कलर अब्जॉर्व है उसमें तो इसलिए व्हाइट दिखाई दे रहा है अब मान लो कोई रेड कलर है तो रेड में क्या होता है कि रेड तो रिफ्लेक्ट कर रहा है बाकी सब एब्जॉर्व है कलर में ऐसे करके तो ऐसे जो ब्लैक कलर है ना ब्लैक कलर में क्या है सारे कलर ही एब्जॉर्व है उसमें रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा कुछ भी सारे कलर एब्जॉर्व है इसे वो ब्लैक दिखता है इसलिए ब्लैक सबसे अच्छा कलर माना जाता है ब्लैक तो ब्लैक इसलिए भगवान का कलर है क्यों ब्लैक कलर है ये बाकी सब में कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वही कलर दिख रहा है बाकी जो एब्जॉर्व हो गए लेकिन ब्लैक कलर में क्या है सब एब्जॉर्व है सारे कलर है। क्योंकि अगर एक कलर भी रिफ्लेक्ट करेगा तो वो नजर आ जाएगा जैसे रेड में रेड करता है तो रेड नजर आता है इस तरीके से जैसे आपने देखा होगा ना कलर प्रिंटर में सिर्फ तीन ही होते हैं रेड ग्रीन ब्लू और कलर सारे निकल जाते हैं ऐसा कैसे हो जाता है आप सोच के देखो रेड इंक ग्रीन इंक है और ब्लू इंक है और उन तीन से तुम कैसे पिक्चर निकाल लो तो इस जगत में जितने भी कलर दिखना है एक्चुअली रेड ग्रीन ब्लू तीन ही कलर है बाकी इन तीन कलर से ही सारे कलर बनते हैं सारे कलर इन तीन कलर से ही बनते हैं चाहे ब्लैक हो वाइट हो कुछ भी हो आ, तीन तीन इंक आती है और तीन इंक से कैसे निकालो कैसे निकलता वो चीज से बनती जैसे कि हम हॉल में हो या टीवी में हो या पर्दे में हो वहां भी ये तीन डॉट ही है ये कलर है ये तो अपने पिक्चर दिख रही है ना एक्चुअली वो पिक्चर नहीं वो है वो डॉट है वो डॉट मिलकर दिखाई देने लगी वो डॉट मिले जाएंगे रेड ग्रीन ब्लू कल के डॉट है बस और कुछ नहीं है हम डॉटो को देख रहे हैं और मैं लगता हम पिक्चर देख रहे हैं हम तो देख रहे हैं लेकिन वो डॉट है इसमें जो स्क्रीन आ रही है इसमें अगर पूरा पिक्सल हटाएंगे तो ये डॉट डॉट ही बने हैं पूरे सारे और वही कलर के रूप में प्रस्तुत है तो यानी सिनेमा घर वाले कैसे लूटते हैं डॉट दिखा के है कोई नहीं वहां पे कुछ नहीं है उस पर डॉट डॉट होके वही उसी से बन रहा है मन के भी दो कारण बताए एक है प्रेरक एक है दुर्जय प्रेरक का मतलब होता है कि बिना मन के कोई इंद्रिय कार्य नहीं करती जब तक मन नहीं लगा होगा तब तक इंद्रिय कार्य नहीं करेगा और दुर्जय मतलब मन को जीत पाना बहुत कठिन है और अगर अगर मन भगवान में लगा दिया तो भगवान की प्राप्ति भी करा देगा तो यानी मन सबसे अच्छा है इंद्रियों में इसलिए चेतना गई तो जीव पत्थर अगर मान लो कि किसी इंसान की चेतना चली गई तो वो अगर अगर हाथ ऐसे होगा चेतना चली गई तो हाथों सीधा नहीं होगा वो टाइट हो जाएगा पत्थर जैसा ऐसे ही रहेगा मुलिया सुलती नहीं ऐसे करके तो ये वो ये चेतना गायब हो जाती है उसमें से तो वो लानी होती है तब जाके उस चेतना आती है है तब वो शरीर थोड़ा काम करता है इसी तरीके से और और बता रहे हैं कि कहा पहले टेक्स्ट पढ़ते मैं वेदों में सामवेद वेद हूं देवों में स्वर्ग राजा इंद्र हूँ इंद्रियों में मन हूं तथा तो समस्त जीवों में जीवन शक्ति चेतना हो तात्पर्य पदार्थ तथा जीव में यह अंतर है कि पदार्थ में जीवों के समान चेतना नहीं होती ये तो इजी है देखो जीवों में चेतना है पदार्थ में चेतना नहीं है हम समझ सकते हैं कि देखो मैं अन्यों से आ, मैं हूं और मैं अन्यों से अलग हूं अलग हूं या भिन्न हूं मतलब ये कौन सोच सकता है जिसमें चेतना है तो यही चेतना है मतलब चेतना क्या है चेतना यही है कि मैं हूँ और मैं अन्यों से अलग हूँ लेकिन लैपटॉप तो नहीं सोच सकता ना कि मैं हूँ और मैं अन्यों से अलग हूँ तो यही बता रहे हैं पदार्थ तथा जीव में यही अंतर है कि पदार्थ के जीवों के समान चेतना नहीं होती आता यह चेतना परम तथा शाश्वत तो जीव खत्म और जब तक जीव जिंदा तब तक चेतना नहीं सकते चेतना उसमें रहती है और कभी कभी चेतना को आत्मा से, आत्म से अलग नहीं कर सकते कभी भी चेतना को आत्मा से अलग नहीं कर सकते मतलब की आत्मा जहां है मतलब आत्मा से ही चेतना आती है मतलब आत्मा एक फॉर्म हो गया और तो चेतना पूरी कवर होती है करके इस तरीके पदार्थों के संयोग से चेतना उत्पन्न नहीं की जा सकती अब मैं बोलूं लैपटॉप से एक लैपटॉप उत्पन्न कर ले नहीं कर पाएगा ना यानी पदार्थ से पदार्थ से कोई चेतना उत्पन्न नहीं कर सकती जीव से चेतना ही मतलब जो आत्मा है उसी से चेतना आती है आत्मा से अलग नहीं कर सकते चेतना ठीक है हम फिर एक ही श्लोक करते हैं लेट हो गया जिन दिन साढ़े बजे करेंगे उस दिन दो कर लेंगे ठीक है वैसे छोटे छोटे ही कल का श्लोक बहुत अच्छा है कल में थोड़ा स्टोरी भी आएंगे ठीक है मतलब जो जो भगवान में हूं तो उसकी स्टोरी वो क्या है मतलब उसके बारे में ठीक है ओके आज लेट हो गया था जगत गुरु शीला परुपाद की जय श्रीमद भगवत गीता की जय नित गौर प्रमान दे हरि हरि बोल